छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिवाली के अगले दिन जांजगीर और कुम्हारी गांव पहुंचे जहां उन्होंने गौरा गौरी पूजा की यहां पूजा अर्चना करने के बाद अपने हाथों पर सोटे मरवाए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की जांजगीरी पहुंचकर सीएम बघेल ने सबसे पहले लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और चौक पर गौरा गौरी के मंदिर के पास जाकर पूजा की और सोटे लगवाए माना जाता है की छत्तीसगढ़ में ऐसी परम्परा है की पूजा करने वाले दिन सोटे का प्रहार सहने से अनिष्टता टलती है और खुशहाली आती है इसलिए उन्होंने भी अपने राज्य के नागरिकों की खातिर सोटे की मार खाई हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम ने सोटो की दर्द सहा हो बल्कि वह हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं